कई वजूहत हैं मेन वजू जो वजह कि हम अपने पोटेंशियल पर नहीं थकें एक ही चीज पर रूल ऑफ लॉ जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता फर्कों में रूल ऑफ लॉ है अगर आप गरीब मुल्कों को देखें तो गरीब मुल्कों की वसाइल की वजह से ना होने की वजह से गुरबत नहीं है रूल ऑफ लॉ क्रिटिकल चीज है जिसकी वजह से माशरे में सिविलाइजेशन भी आती है मेरेटोक्रेसी आती है ऊपर आता है फिर से भी गया है कहता है, एक तकरीब हो रही थी तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी को काम दिए हुए थे तो वो कह रहे थे इनशालाक्रेटरी की लीडरशिप में ये ये काम जो है ना वो करेंगे चीफ सेक्रेटरी की लीडरशिप में देखे आपके सिर्फ वहाँ नहीं है आपकी कैबिनेट में 50 बुजुर्ग बैठे हैं खास साहब ने ये बड़ा अच्छा किया है कि मिनिस्टर ऐसे रखे हैं जो ना ब्यूरोक्रेसी को जवाब दे सकते हैं और ना खास साहब की बात को टाल सकते हैं बुजदार साहब मल्टीप्लाई 50 टाइम्स तो ये तो हालात है देख दूसरा देखें खास साहब ने मेरी, मेरी मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस एक और बात में हुआ है कि खास साहब हमेशा रियात मदीना की भी बात करते रहे हैं हजरत उमर का भी मिसाल देते हैं लेकिन अगले दिन इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद पिशावर चले गए और एक उनके मिनिस्टर साहब हैल्के में अपने में, उन्होंने को में कमिशन ने मना किया था तो वहां भी नहीं रुके थे मेरा मकसद आज लॉ एंड ऑर्डर रियात मदीना में ये होता आपको याद दिला दू की ये वही उस्मान बुजदार है जिनके बारे में इंकशाफ हुआ था कि चूंकि ये बहुत फकिटे है ये बहुत मुफलिस कल्लाश हैं, ये बहुत नादार फैमिली से हैं इसलिए इनको हम गरीबों के दुख की दवा बना करके और वजी अल हाउस में पहुँचा रहे हैं और ये बहुत दयानतदार हैं ये उस वक्त ट्रेन नहीं थे अब ट्रेन होने के बाद इन्होंने जो जो हरकत की हैं करोड़ों रुपए का बजट मैं अपने इसी प्रोग्राम में बता चुका हूँ प्रोग्राम कर चुका हूँ इन्होंने सिर्फ अपने वो जो कहते हैं कि महल्लात की तजीनों आइश के लिए वो जो गेस्ट रूम्स होते हैं वजीर अला के जिसमें इनके रिश्तेदार आकर के ठहरते थे ये तकरीबन छह माह पुरानी बात है वो स्कैंडल भी मंजरआम पे आया उस वक्त भी सरकार ने मेरी नोटिस लिया था इस मरतबा भी इस एक मामले को दबाने के लिए उस्मान बुजदार सामने आ चुके हैं नोटिस ले लिया है अब उसके बाद अल्लाह रहम करे अब अगर कुछ हो जाए तो बताइएगा तो मैं इसलिए इसको वेलकम करता हूँ जो चीज लैके है हमारे मुल्क पर वो है रिसर्च और रिसर्च कि जो सबसे बड़ी खूबी होती है और जलसे करते हैं जलसे का फिर ही क्योंकि उनको ये फंड मांगते हैं चंदा मांगते हैं लोग फिर इनसे उम्मीदें लगाते हैं तो वो कह रहे हैं पाक, जो पाकिस्तानी डियासोरा बाहर कह रहे हैं, हम तो कश्मीर कश्मीर करके थक गए हो ये बता दो हमें बताओ कि आपकी हमारे गोरे से क्या बात हो रही है आपको हमारे मुल्क का गोरा क्या जवाब दे रहा है इसके बाद हमारे लोग फिर क्या जवाब देते हैं को खास खास साहब साहब अगर अगर खासाँ ने बड़ी दफा तकरीरों में तक कहा कि मैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का पड़ा हूँ खास साहब अगर छोटी सी एक बात कर लेते वरना मैं मेरा तो एक न, न, न, नाक से अकल आदमी हूँ मेरी क्या अकल होनी की हर मिनिस्टर जब करोड़ों रुपया टैक्स पेज का लेके बाहर जाता वापस आके एक वजी आजम को रिपोर्ट पेश कर दे के वज आपने क्या खोया क्या पाया लेकिन उस बहती नंगा में सब नंगे हैं इस अवाम में कोई पूछने वाला नहीं है तो क्यों जवाब दें भी वो खाने खाते हैं यहां पे आके वापसी पे गिफ्ट लेके पाकिस्तान चले जाते हैं कोई परफॉर्मेंस नहीं है आप समझते हैं ये अलियत रखते हैं परफॉर्म करने की इनका कोई एजुकेशन बैकग्राउंड है इनकी कोई डिबेट करने की सलाहियत किसी के साथ ये स्वाय एक नेगेटिव इमेज छोड़ना बाहर दुनिया में और स्वाए जग हसाई और मेरा बदतमीजी का तूफान है वो मैं वीडियो सुनी, मैंने के नीचे जमीन निकल गई कि रिवेंज एक क्वेश्चन करने पे मौसू फरमा थे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं अल्लाह ताला माफी दे ये ये आप ये आपके पास पावर का आ, आ, ये आप आप ले ये लेकर आए यह रियात मंदीदा है ये हजरत उमर की मिसालें लोगों के लिए मेरा मेरे, मेरे सवाल मैंने बताया कि हम लोगों को सिर्फ एटीएम मशीनें समझा जाता है हमारी मजबूरी है लोगों हमारी फैमिलिया पाकिस्तान में बैठी है वो ना बैठी हो तो फिर क्या कौन जाएगा पाकिस्तान मुझे ये बताएं कौन आप हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और कुछ भी नहीं है हमें ब्लैकमेल करते हैं आप ओरिजिनली पा, ओवरसीज पाकिस्तानी इतने बेचारे मायूस है और मैं एक मजे की बात रहता हूं पाकिस्तान से जो मिनिस्टर आते हैं उसके पीछे मखियों की तरफ बेचारे पाकिस्तान इसलिए जाते हैं क्योंकि वो खौफ है कि मेरी पत्नी बहनों के भाइयों के साथ क्या हो जाएगा मैं जो कोठी बनाया उस पर कब्जा कौन कर जाएगा? वो इन्फ्लुएंस के लिए बेचारे भाग भाग के जाते हैं मैं आपको एक और गारंटी करता हूं मिनिस्ट्री को छोड़ दें। आपको सार मार्केट का अभी रजिस्ट्रार यहां लेएसआई ले, आ, ले आ, ना तीन सौ बंदा इकट्ठा हो जाए तो मेरी मुझे पकड़ ले क्योंकि खौफ है पाकिस्तान डर रहा है कि यार मैं पाकिस्तान गया मेरे को गले पड़ गया तो मैं क्या करूंगा वो बेचारा इसलिए चला जाता है मिनिस्टर साहब के सामने और तो वजह कोई नहीं इनका कोई इनके को आप इम्प्रेसिव है इनकी खिताबत अच्छी है कि को, कोई एबिलिटी आप बता दें कि क्यों डायसपोरा कट्ठा होता है जब ये पाकिस्तानी आते हैं मिनिस्टर कि इनका विजन कौन सा विजन है क्योंकि मोहम्मद तो तो तो ये नहीं था कि आप अगर चाइना चाइना जाओ तो आपको का पसंद आ थे। मैं ईरान तो तो तो जैसा निजाम कहीं और अमेरिका और बर्तानिया जहां आप जाते हो वहां निजाम अच्छा लगता और यह जो करप्शन है रूल ऑफ लॉ ना होने के लिए डेवलपिंग वर्ल्ड है वो पीछे करप्शन की है। और एलीट आपके रसूल है है। लेकिन खराब है हर चीज में बेईमानी है लेकिन ठीक किसमें करनी थी है? इसको लीडरशिप कहते हैं लेकिन ये आपके डबल स्टैंडर्ड हो कि अपनी कैबिनेट के लिए आप नैब छुट्टी दे दें आप बिल्कुल उनके लिए ऑर्डिनेस बना सारा कुछ कर लिया जाए दूसरों लोगों के लिए हजरत उम्र की मिसाल जब आपके अपने डबल स्टैंडर्ड होंगे तो फिर किस तरह लोग आपके आपको करेंगे? एक हवाले से क्योंकि उस वक्त आजादी के बाद जो हमारा हाल था कमोश आज भी वही है आज भी ना हमें यानी पेट्रोल बगैर लाइन लगाए मिलता है ना उस पर जो रियासत और हुकूमत हमारे साथ जो जुल्म कर रही है उसको कोई रोकने वाला है टोकने वाला है ना आज हमें चीनी मिलती है ना आज हमें आटा मिलता है तो करीब करीब आपने पहुंचा तो दिया मंजिल आप यकीन दाद के मुस्तक है तो फरमाया मैं हर एक से बात करूंगा करप्ट लोगों से बात नहीं करूंगा खास साहब मैं अपनी कैबिनेट से भी बातचीत बंद करें आप। आपको चाहिए फिर बनी गाला से बाहर ना निकला करें क्योंकि आप वायल्ड इंसान है मेरा ख्याल इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन में जिन्होंने करप्शन नहीं किया जिनका वो इस वक्त वीडियो नहीं निकल रही या नहीं निकल रही वरना आपकी तो कैबिनेट सारी क्रप्ट है आप उनसे भी बातचीत बंद करें फिर आप, आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आप इस तरह बाहर निकल के आप आप अपने लोगों से बात करें और एक मैं सबसे बड़ी आज आपको ट्रेजिडी बताना चाहता हूं जो मेरे मादरे मिल्ल और मेरे मुल्क के साथ जो जुलम हो रहा है जब भी आपके कैबिनेट जो आपके जो वजीर मशीर जब नाअहल होते हैं बेवकूफ होते हैं क्रप्ट होते हैं सबसे बड़ी लाठरी निकलती है ब्यूरोक्रेसी उनको फ्री एंड मिल जाता है क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं होता ना ना अहल लोगों को जिनको मैंने बताया आज तक कई बीडी मेंबर नहीं बने वो आज तक और उन्हें पता है वापस नहीं आएंगे वो उनको पीटीआई के टिकटों पे उनको ए, ए, मिले थे ए, उनको टिकटों पे वो जीते हैं चाहे जिस तरह भी जीते हैं लेकिन उनकी नाहलीत की हालात आपको पता है आप इन इन मौसू की बात कर रहे हैं आपके जो माहौलियात वाले आए थे स्कालैंड में जावेद चौरी साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा कि पांचों सीटें खाली थी और वो अपनी फैमिली के साथ लेके वो वो अपना पैसा था जो एन ने, ने दिया था सेंसर खरीदे नॉर्दर्न एरिया के लिए बल्तिस को जब आपके मुल्क में रिसर्च नहीं होती तो फिर आप सेकेंड हैंड नॉलेज बाहर से आती है आप किसी और लोग आपको डिफाइन करते हैं बजाय आप अपने आप को डिफाइन करें ये क्लासिक दुआ है अल्लाह तो आपको, तो अल्ला आपको पाकिस्तान अल्ला को पाकिस्तानी लीडर दे मेरी यह है मैं वो आज ना वो मेरे दोस्त है मैं नाम तो नहीं ले सकता में ऊपर जा रहा था और एक्सपेक्टेशंस uh, थी कि ये, कहा था ये एशिया का जा रहा। भी है। उनकी एक वीडियो और एक ऑडियो आई है जिसमें वो अपने ही पाकिस्तानियों को जो फ्रांस में उनको गालियां दे रहे हैं और uh, वो बड़ा मुश्किल सी सिचुएशन है पाकिस्तानी उनसे पूछते हैं कि आप बताएं आप फ्रांस में आए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे वो कहते हैं हम तो कश्मीर के लिए बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन सर आप बताएं आप क्या करेंगे तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाते के, और बाद में जो उनके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको कहते हैं कि आपने मुझे क्यों इसके सामने ऐसे किया और मेरी इंसल्ट की एंड सो एंड सो लेकिन ये तो एक चीज है लेकिन जो ओवरऑल डिस्कशन ये करनी है कि जो पाकिस्तानी डियाफोरा है उसकी क्या क्वालिटी या उससे क्या काम लिए जा रहे हैं और वो किस तरह परेशान है अपनी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप को देख के कि जो लोग उनको नेशनली और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली उस हवाले से बात करनी है तो मैंने रिक्वेस्ट की साजिद तार साहब से सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया लेकिन सर साथ ही मुझे ये बता दें कि ये जो शहरियार अफरीदी साहब हैं इन्होंने जो फ्रांस में किया कि अपने लोगों को गालियां दे रहे हैं ये क्यों करके आप क्या समझते हैं कि आप तो क्योंकि खुद डियापोरा है आप कैसे समझते हैं कि हमारे जो तो पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं तो ये किस तरह के हालात पैदा होते हैं और डिस्कशन होती हैं। थैंक यू सो मच। असल में हमें क्या समझा जाता है ये बिल्कुल हमें याद है हमारा पहला ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है एयरपोर्ट से जब उतरते हैं और उसके बाद हमारी मुसीबतें बिल्कुल हमारा जिस तरह इंतजार कर, इस तरह हमारे साथ किया जाता है जिस तरह लोग इंतजार कर रहे होते हैं हमें लूटने के लिए और इट स्टार्ट फ्रॉम द प्रोसेस स्टार्ट फ्राम द एयरपोर्ट आ, रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं जाली मुकदमा में फंसा लिया जाता है जमीनों पे कब्जे पहले तो रिश्तेदारी कर लेते हैं रिश्तेदार ना करें तो मोहल्ले वाले चढ़ जाते हैं वो कहते हैं इन्हें पैसों की ज़रूरत क्या है इन्हें यहाँ आना नहीं चाहिए आप यहाँ क्या लेने आए हैं उसकी मिसाल आपने देखी है कि मौसू थिंक कर रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं और उस, उस मैं पर्सनली नो दैट जर्नलिस्ट इज अ वंडरफुल पर्सन इज अ वरफुल पर्सन यूनिस्ब Uh, is a very, uh, uh, uh, uh, a very has वेरी गुड बैकग्राउंड और उस बेचारे का सिर्फ कसूर यह था कि आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे इतना sensitive portfolio कश्मीर का और जिस तरीके से वहां पर गालियां दी गई वो मैं समझता हूँ हर overseas पाकिस्तानी को गाली दी गई है और ये पहली बात नहीं है हमारे portfolio uh, overseas पाकिस्तानी के, पाकिस्तानी के साथ सिर्फ ये नहीं है कि justification नहीं की जाती वहां पे मैं एक दफा एक ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको जिन उनके मोहल्ले के करनादार सिगरेट उधार पे ना दे मसीहा ने नया सनसनी खेज इंकशाफ करके सबको भौचक्का कर दिया है फरमाया है कि हम कायदे आजम और अलामा मोहम्मद इकबाल कि पाकिस्तान की जान की जानब ग है यह इंकशाफ अपने आप में इतना सनसनी खेज और इतना खौफनाक है जिसके बाद यह गुमान किया जाता है कि शायद अल्लाह माफ करें माज अल्लाह बानिया ने पाकिस्तान की अरवा भी तड़प उठी होंगी इसी जिम में अगर कोई बुरा ना माने तो यह खिद, आपकी खिदमत में यह खबर बता रहा हूं कि ताकतवर तरीन पासपोर्ट के एतबार से पाकिस्तान का खैर से 77वां 77 नंबर आ चुका है भारत का इकसठ नंबर है बंगाल यानी बांग्लादेश का 72 जो हमसे कहीं बाद आज़ाद हुआ था थैंक्स टू जमूरीत के मामे और उन जमूरीतों के उन जमूरी सेटअप्स के इरादार डिज़ाइन करने वाले कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नौबत आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट्स कंपनी टू फ्री और देखते रहिए हमारे साथ गर्भ की दुनिया रियासत मदीना थैंक यू